आज पूरा देश ब्लैक डे दे मना रहा है और जो लोग वेलेंटाइन डे मना रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि तुम वेलेटाइन डे मनाना मैं सही दिवस मनाऊंगा और तुम दुपट्टे के पीछे भाग लो और हम तिरंगा लेकर लहराएंगे आज हम इमामगंज रानीगंज युवा शक्ति क्लब आ चुके हैं यहां पे बहुत सारे युवाओं ने एक तरीके से रैली निकाला है और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली निकाला देख सकते हैं यहाँ पे एन के भी बच्चे है मैं आज इन युवाओं के साथ आया हूँ उनसे बात करूंगा किस तरीके से आज इनके बारे में वो बात करते हैं देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी संख्या में हमारे पीछे लोग आ चुके हैं हम उन सारों लोग से युवाओं से बात करेंगे और आज आपको बता दें आज से तीन साल पहले हमारे पैतालीस जवान शहीद हो गए थे और इस शहीद जवान को श्रद्धांजलि के लिए आज ये बहुत बड़ा श्रद्धांजलि सभा निकाला गया है सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका नाम सुशांत कुमार जी आज श्रद्धांजलि आपने निकाला है किस तरीके से आप इसके बारे में कहना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में बिल्कुल जिस तरीके से हमारे जवान जो शहीद हुए और लोग वेलेंटाइन डे मना रहे हैं हम लोग बहिष्कार करके हम लोग शहीदों के नाम डे मना रहे हैं शहीदों के लिए दिन मना रहे हैं हम लोग शहीदों के लिए हम लोग अल्लाह और भगवान से दुआ करेंगे कामना करेंगे उनकी भगवान आत्मा को शांति प्रदान करें जी देखिए और जो वेलेंटाइन डे मना रहे उनके बारे में दोस्त आप कहें क्या कहना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल वो देश के रहने लायक नहीं है देखिए सीधा कहना है इनका कि उन देश में रहने लायक नहीं है क्योंकि जो आज जो 45 जवान शहीद होने के बाद भी जो आज वेलेंटाइन डे मना रहा है सच में देश में रहने लायक वो नहीं है और भी कुछ लोग मौजूद है मैं उनसे बात करूंगा सबसे पहले आपका नाम अमित कुमार जी आज जैसा की आज जो है पैतालीस जवान शहीद उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं श्रद्धांजलि देना चाहते हैं पैतालीस शहीद जवान के लिए जी पैतालीस जवान शहीद के लिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं और ए, मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अठहत्तर बसों के साथ 2500 जवान जा रहे थे जो कि आत्मघाती हमलावर ने आकर उस उस गाड़ी में टक्कर में क्या ये पुलवामा में आतंकी हमले का वही धमाका है जिसमें हमारे 40 से ज्यादा मार कर और हमारे 45 जवान को जो, जो उसी में शहीद गए और भी कुछ लोग मौजूद हैं आप एन हैं यस से है? yes, हाँ. जी आप आप जो हैं सुरक्षा बल का एक भी पार्ट हैं आप तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं मैं यही बोलना चाहता हूँ की एक दूसरे को सहयोग करे और जो अमर जवान है इन लोग के संदार के लिए एक हम लोग सभी कैंडल मार्च किए हैं जी देखिए कैंडल मार्च किए हैं और ये हर जगह होना चाहिए ताकि हर युवाओं में इस तरीके का जोश आए और देश के लिए देश के लिए भक्ति आए देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं एनसीसी के लोग से मैं ज्यादा बात करना चाहूँ क्यूँकि ये हिस्सा है इस चीज़ का बताइए क्या नाम है आपका चंदन कुमार चंदन कुमार नाम है क्या बताना चाहते है आज के दिवस के बारे में ये हम लोग इस वर्ष रानीगंज इमोंगज में किए हैं और मैं चाहता हूँ की हर जगह ये होना चाहिए भी जी देखिये हर जगह होना चाहिए और क्यूँ ना हो मैं इसी के लिए भारत माता के भारत माता के अमर जवान अमर जवान मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं जय हिंद